डिंडोरी में अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने एक धर्म विशेष युवक के खिलाफ थाना कोतवाली पुलिस को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की है उनका कहना है कि एक अन्य समुदाय के युवक ने गौ माता के साथ मारपीट की है जिससे उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद द्वारा डिंडोरी कोतवाली में लिखित शिकायत में आवेदन में उल्लेख किया गया है की अन्य समुदाय के युवक के द्वारा गाय से मारपीट की गयी जिससे गाय जमीन पर गिर गई। इस घटना के बाद हिंदुओं की आस्था को गहरी ठेस पहुंची है हिंदू समाज के लिए गाय पूजनीय होती है तथा गाय को माता का दर्जा दिया गया है घटना के बाद हिंदू समाज में रोष व्याप्त है इसलिए संगठन के पदाधिकारी सहित सभी कार्यकर्ताओं ने कोतवाली थाने में शिकायत पत्र देते हुए दोषी को गिरफ्तार करने की मांग की है पुरानी डिंडौरी में एक पठान युवा द्वारा हमारी गाँव माता को लाश से फटकारा गया एवं मारा गया और प्रिजन दौड़े भी तो उनको भी मतलब उसने मारने एवं धमकाने की कोशिश की तो हम यही मतलब अपने थाना प्रभारी जी से निवेदन करेंगे कि उनसे सख्त ऐसी सख्त कार्रवाई करें वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से जुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं सत्य का अन्वेषण दखल न्यूज